जय हिंद मेरे प्यारे साथियों कैसे हो आप सब वेरी गुड मॉर्निंग और इस गुड मॉर्निंग को लेके आज मैं आप लोगों को पता है कि मेरे बच्चों बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है बार बार मैं बता रहा था और पहले भी मैं कई कई बार बोल चुका हूँ मेरे बच्चों कि जब मैं एसएससी जीडी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो आप लोगों को काफ़ी बेहद पसंद आता होगा मैंने पहले बोला था कि मेरे बच्चों इंड मार्च अप, लास्ट और अप्रैल की फर्स्ट वीक तक एनी हाउ आपका रिजल्ट दे, दे देगा इससे पहले आप बोलोग भैया रिजल्ट आया कहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कहीं भी आप एसएससी जीडी की कोई भी साइट्स पे आप जाके पता करिएगा या कभी भी चाहे 2018 हो 2020 हो रिजल्ट जो आता है वो रि, आ, हमारा रिजल्ट के बाद 15 दिन बाद फिजिकल शुरू होता है 15 या 20 दिन बाद अभी मैं बात करूँगा कि सर ये इंपॉर्टेंट जो नोटिस आया हुआ है ये सी क्योंकि सर आपको पता है कि एस एस की जो सी की मेडिकल हो सॉरी एस एस में फिजिकल हो या मेडिकल हो जो जीवा दिया जाता है वो सी के हाथी रहता है ठीक है CRPF आर इसकी पूरी फिजिकल करवाती है और साथ ही साथ इसकी मेडिकल करवाती है तो जो भी आपको फिजिकल का डेट या मेडिकल का एडमिट कार्ड देगा वो सिर्फ आपको CRPF के वेबसाइट से ही प्राप्त हो पाती है ध्यान रखना अब मैं बात करूंगा कि सर इसकी जो ऑफिशियली साइट है CRPF का उस पर वहाँ पे जाके मिल जाएगा आपको ये नोटिस ठीक है ये नोटिस में लिखा हुआ है कि पी एस इवेंट सी टी एग्जाम दो हज़ार बाईस ठीक है एस एस एफ राइफलमैन असम राइफल्स एंड एस सी पाई एंड एन सी बी क्योंकि सर एन सी बी वैकेंसी आपको पता है कि नार्कोटिक डिपार्टमेंट्स क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टेंटेटिव शेड्यूल बाई पंद्रह अप्रैल एडमिट कार्ड पी एच डी स्टेज विल भी अपलोडेड ऑन सी आर पी एफ वेबसाइट एंड कोर्सेज ठीक है ध्यान रख लेना मेरे बच्चों कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको सीआरपीएफ के वेबसाइट पर ही डाउनलोड हो पाएंगे कंटेंट्स आर एडवाइज टू विजिट सी वेबसाइट ये सीट आप वेबसाइट को देख लीजिए मेरे बच्चों नहीं तो मैं आपको जूम कर देता हूँ इस वेबसाइट का स्क्रीन ले लीजिए इसी वेबसाइट पे आपको जाके चेक कर लेना है ठीक है ध्यान रख लेना इसी वेबसाइट पे जाके आपको चेक कर लेना है इन बातों को ध्यान से अच्छे से रखना मेरे बच्चों ठीक है ध्यान रख लीजिए ये ये वेबसाइट आपको एस टी पे जाना है फ्रॉम टाइम द टाइम टू डाउनलोडेड एडमिट कार्ड कैंडिडेट विल बी नॉट बी दर्मिटेड ऑन पी एस टी एंड पी एच टी विदाउट एडमिट कार्ड बिना एडमिट कार्ड को आप लोगों को परमिट नहीं दिया जाएगा एडमिट का फिजिकल के लिए ठीक है तो ये सारा डिटेल्स आपको दिया मेरे बच्चों कहीं ना कहीं अगर फाइनल डेट बने गुड न्यूज़ ये है कि 15 अप्रैल से आप लोगों का जो है फिजिकल स्टार्ट होगा हमने पहले भी बोला था कि अप्रैल के मीड में आप लोगों का फिजिकल का डेट आ जाएगा ये हमने दो दिन पहले की वीडियो में देखा होगा मैं आप लोग को बताया था ठीक है आ गया और आप लोग को ये भी मैं बता दे रहा हूँ मेरे बच्चों संभावना मैं आप लोग को दे रहा हूँ कि रिजल्ट जो है वह तीन या चार दिनों के अंदर या अप्रैल तो लास्ट हमारा मार्च तो लास्ट चल ही रहा है अप्रैल के फर्स्ट वीक अगर मार्च में नहीं आया एक से दो दिनों में तो अप्रैल के फर्स्ट में आज से नहीं करीबन में डेढ़ महीने पहले से बोल रहा हूं कितना तारीख आपका एडमिट कार्ड जो एडमिट जो आपका आ, रिजल्ट है वो दे देगा ठीक है तो होपफुली वीडियो अच्छा